हेलो अब कैसे हो आप लोग फिर से एक नई वीडियो में आता <laughs> तो रुको जरा सबर करो बोला धक्का मुक्की नहीं करने का कर। <laughs> देख रहा है मधुब धूप में मजा ले रहा है <laughs> मजा नहीं आ रहा है मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ ये जिसका चैनल वो पीछे दिख रहा होगा ये खा पी के ये और ये यूट्यूब पर डलने वाले अपलोड वीडियो है <laughs> <laughs> देख रहे हैं हम तब आ रहे हैं ढंग से